रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कौन है कुंडा का रघुराज और कौन है जनसत्ता का राजा बात करेंगे आज कुंडा से आने वाले विधायक व जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया नमस्कार हम है सीके सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं अखंड हिंद न्यूज का खास प्रोग्राम पॉलिटिकल कहानी मेरे यानी सीके की जुबानी रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया ने अपना पहला चुनाव सन उन्नीस में कुंडा विधानसभा से लड़ा और उस चुनाव में राजा भैया को करीब नवासी के आसपास वोट मिले थे उस चुनाव के बाद राजा भैया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चुनाव दर चुनाव उनकी जीत के वोटों का अंतर बढ़ता ही है राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसे चुनाव जीतने के लिए कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल के नाम का सहारा नहीं लेना पड़ा बल्कि कई बार कुछ अन्य प्रत्याशियों को अपना चुनाव जीतने के लिए राजा भैया के नाम का सहारा जरूर लेना पड़ता है 2012 के विधानसभा चुनाव में सूबे की सबसे बड़ी निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के नाम जीत दर्ज हुई उस चुनाव में राजा भैया को एक लाख से ज्यादा तभी कुछ ऐसा हुआ कि राजा की राजा भैया की जीत का आंकड़ा तोड़ा गया वो किसने तोड़ा आगे बता दिया रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया की सबसे खास बात यह है कि सन उन्नीस सौ तिरानवे में पहला चुनाव जीतने के बाद उनके जीतने वाले मतों का आंकड़ा बढ़ता है लेकिन विधानसभा 2017 के चुनाव में राजा भैया की सबसे बड़ी जीत के रिकॉर्ड को गाजियाबाद की सहीबाबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुनील शर्मा ने तोड़ दिया भाजपा विधायक सुनील शर्मा की ये रिकॉर्ड जीत सभी के लिए अप्रत्याशित थी क्योंकि उनके प्रत्याशी बनने के बाद भी उनकी जीत पर सभी को संशयन था क्योंकि उनके सामने विपक्ष के रूप में कांग्रेस के अमरपाल शर्मा खड़े थे। सायद यही एक कारण रहा कि पार्टी ने सबसे अंत दो हजार बारह में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया था एक वकील से राजनेता बने सुनील शर्मा ने सारे राजनैतिक अनुपानों को नार कर करीब डेढ़ लाख मतों से विधायक कमरपाल शर्मा का किला ध्वस्त करते हुए चुनाव जीत वही सहीबाबाद सुनील शर्मा 2017 के विधानसभा चुनाव में कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया को एक लाख छत्तीस हजार वोट मिले तो उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी जानकी सरना पांडे को 35,870 वोटों से ही संतोष करना पड़ा यानी राजा भैया की जीत का अंतर एक लाख तीन हजार था तो वही गाजियाबाद जनपद की साहिबाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनील शर्मा को दो लाख बासठ हजार सात सौ इकतालीस वोट मिले जो उनके प्रतिबंधी कांग्रेस प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को मिले एक लाख बारह हजार छप्पन वोटों से एक लाख पचास हजार छह सौ पचासी वोट ज्यादा ऐसे ही दिलचस्प राजनीति के किस्सों को जानने के लिए एशियन न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं राजनीति की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ तब तक के लिए जय हिंद